वीडियो बना दे ये पापा ध्यान से नहीं दिख रहा <laughs> देखिएगा देखिएगा रुको चलो 1 मिनट रुको चलो 1 मिनट चला थी फोटो खिंच रहा है ये <laughs> जवाई चक्क लड़का है हम <laughs> जवाई चक्क करता सा है अच्छा है।, है अपने आप ऊपर आवा था ऊपर ligero